मदल रसूल करीम अम्माद एक साथी ने सवाल पूछा कि, कि पतंग उड़ाना और इसकी तजारत करना इसको बनाकर बेचना क्या ये हराम शर्म जाज़नी याद रखिएगा पतंग उड़ाना फिर नब्सी ही जायज़ है हराम जिसने भी हराम कहा है गलत कहा है लेकिन अगर इसमें शर्तें लगाई जाएँ पतंग उड़ाने में काटने में और हार जीत का मामला आ जाए इनाम एक दूसरे के साथ रखे जाएँ और इसके मुकाबले किए जाएं तो फिर, फिर वो मना है वो नाजायज अब साह जर जब ये नाजायज काम होगा तो इस नाजायज काम की जो इब्तदा हो रही है वो भी नाजायज होगी यानी तो कम से कम आखिरी दर्जा उसका मकरू होगा और इससे भी बड़ा नुकसान ये है मैंने खुद गले कटते हुए देखे हैं कि अगर इसकी वजह से मासूम जिंदगियाँ यानी बच्चे उनके गले कटते हैं उनकी ज़िंदियाँ ख़त्म होती हैं तो ऐसे काम को तो मकरू नहीं कहना चाहिए मकर तहरी कहना चाहिए यानी हराम के क्या मकाम है तो मेरी इल्तजा है मेरी दरख्वास्तर बच्चे जहाँ भी उड़ाते हैं पतंग तो उसमें हमारे बड़े शामिल होते हैं सागजरे बड़े खर्चे देते हैं बड़े पैसे देते हैं पॉकेट मनी बड़े देते हैं अब वो उनके सामने डोरी भी लाते हैं उनके सामने पतंग भी लाते हैं तो बड़ों का किरदार देखो मुआरें सुधरते हैं बड़ों की वजह से उसदा किरदार अदा करें मशाक किरदार अदा करें बड़े वालदे किरदार अदा करें और सोसाइटी किरदार अदा करे अगर ये गले कटते हैं तो पूरी सोसाइटी को आवाज़ उठानी चाहिए और मैंने खुद गले कटते हुए देखे हैं तो क्या ये, ये मुमकिन नहीं है इस तरह नहीं हो सकता कि हर वो चीज़ जो नुकसानदेह हो हमारे बच्चों के हमारा मुस्कबिल ख़राब करे, हमारे बच्चों की जिंदगी को तबाह करे तो उसके लिए मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि माशरा हमारा ठीक हो और हमारा माशरा रोल मॉडल बने नमूना बने पूरी दुनिया में हम मिसाल बन जाए पूरी दुनिया में पाकिस्तान रोल मॉडल बने इसके लिए एक एक वो चीज़ बुराई ख़त्म करनी पड़ेगी बुराई की जड़ को भी खत्म करना पड़ेगा हर वो चीज़ जो नुकसान दी उसको भी ख़त्म करनी पड़ेगी हर वो चीज़ जो बदरामी का ज़रिए उसको भी ख़त्म करने की हर चीज़ जो बुराई की तरफ ले जाती है उसको भी ख़त्म करने पड़ेगा तो उसमें एक पतंग भी है तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें यकीन एक दिग् तोज्जो देंगे अपने बच्चों को इससे मना करेंगे और हमारे बड़े हजरात वो तोज्हो देंगे कि जहाँ बन रही हैं जहाँ बिकती हैं उनको भी प्यार से समझाया क्योंकि अब और कुछ ऐसा रिज का मालिक अल्लाह है रज़ का मालिक पतंग बनाना बेचना नहीं रजाक अल्लाह है रजाक पतंग नहीं तो जो अल्लाह रिज्क इस ज़रिए से दे सकता है वो रज़ हलाल भी दे सकता है तयब भी दे सकता है बाफ़िर मकदार में दे सकता है बगैर मुशक्त के दे सकता है अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है अल्लाह कुत्ते को खिलाता है अल्लाह मोदी को खिलाता है अल्लाह फिर उनको खिलाता है कून को खिलाता है काफी यहदू को खिलाफता है, है. अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता को भी भूखा नहीं मारता मुसलमान को भूखा मार देगा तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहने इसमें किरदार अदा करेंगे हर बुराई वाली चीज़ हर ख़तरे वाली चीज़ हर नुकसान वाली चीज़ को ख़त्म करने में किरदार अदा करेंगे लेकिन प्यार से मोहब्बत से लड़से नहीं से नहीं लड़ाई से नहीं झगड़े से नहीं से प्यार से, अल्लाह हम सबको नबीम के ताफर में